इस समय हम मौजूद हैं विकासखंड बक्सा में ब्लाक पर और यहाँ पर हमारे साथ जो सदस्य हुई थी ये प्रत्याशी मौजूद क्या नाम है आपका मचान सुरेश गुप्ता ये तो? क्या मामला है यहाँ पर यहाँ पे मामला ये है कि हमारे वार्ड में 131 सौ वोट पड़ा था जिसमें जब मत पेटी पलटा गया तो उसमें जब अलग अलग छाट किया गया तो एक वोट निकले इसके बाद तब आर ओ साहब बोल रहे हैं कि उन्तीस वोट जो अवैध हैं करें इसको हटा दिया जा रहा है और सब मान लीजिए यहाँ पर मतलब डी एम साहब को सूचना हो गई तो आप क्या चाह रहे हैं रद्द किया जाए सही जो है वो निर्णय लिया जाए और जो यहाँ के कर्मचारी जो अलग व्यवधान डालने वाले हैं उनको सही कार्रवाई किया जाए उनके ऊपर एक और मामला भी सामने आ रहा है सुजिया माऊ के क्या मामला है आपका आ, सर मैं इंद्रमणि उपाध्याय सुजिया माऊ का निवासी हूं जो कि वार्ड नंबर नौ से मैं सदस्य का उम्मीदवार था वोटिंग के टाइम पे जब वहाँ पे वोटिंग हुआ है तो कुछ धादले पंती हुई थी जिसकी शिकायत हमने वहाँ पे किया था तो वहाँ पे हमारे बक्सा पी से शुक्ला जी को एस करके थे वो आए हुए थे वहाँ पर मैंने विरोध किया था फिर पेटी वो ब्लॉक पर आई हमको समझाने बुझाने के बाद पेटी ब्लॉक पे चली आई ब्लाक पे आने के बाद आज जब पेटी मेरे सामने खुली है तो वार्ड नंबर नौ में से मेरे जो हैं चार पाँच वोट माइनस निकले हैं और वहीं बगल में एक ही पेटी में वार्ड नंबर नौ का भी जो पड़ा था आ, मत उसमें में थर्टी वन वोट एक्स्ट्रा आए हैं हमें बस उस पर यही हो सकता है कि जो भी उस पर हो जो भी हो चुनाव आयोग से या प्रशासन से जैसा भी है जो जो इसके साथ मिला हो उसके साथ उचित कार्रवाई की जाए और चुनाव आयोग से मेरा ये बिना निवेदन है कि इसमें जो जो मिले होंगे जो जो मिले हैं सबके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए धन्यवाद